हेलो कैसे हैं आप सब आई मैं केपी सभी का वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तो आपको बता दूं दोस्तों यहीं से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से दोस्तों कुछ नजारे जिसपे आरी पैनल लगा दिए जा चुके हैं ये देख सकते हो ये पैनल लगाकर काम कर लिया गया है और जो यहाँ पर जो कंपनी बर्क कर रही है वो है दोस्तों गवाहर कंस्ट्रक्शन गवाहर कंस्ट्रक्शन तस्वीरें देख सकते हो यहाँ पर ये सामने है दोस्तों अक्षरधाम टेम्पल ये वाला और वहीं पर ये काम चल रहा है देखो आरी पैनल लगा कर इसमें मिट्टी डालने का काम चल रहा है ये देखो ये काम चल रहा है आगे चलते हैं देखते हैं चल के आगे क्या काम हो रहा है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं तो बने रहिए आप सभी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ये दोस्तों अक्षरधाम का ये मेट्रो स्टेशन है देखो ये रेड लाइन का स्टेशन है तो यहाँ तो अभी कोई काम नहीं चल रहा है इधर भी कोई काम नहीं चल रहा है दोस्तों अभी बिल्कुल भी डेली देहरादून का आगे चलते आगे देखते चल के इस जगह पर चल रहा है दोस्तों ये देख सकते हो ये जो आपको बता दूं फ्लाई बनाया गया है ये देखो दिल्ली सारणपुर हाईवे ये देखो पूरा ही बन चुका है आपको बता दो ये रैंप बनाने का काम था वो कर लिया जा चुका है दोस्तों अब इसका जो मेन पॉइंट बचा है वो रह गया है जो इसका अंडरपास है वही रह गया है बाकी दोनों साइड के आपको बता दू कि आर ही पैनल लगा दिए जा चुके हैं ये देख सकते हो तस्वीर है ये सारे में प्लर तो पहले ही बना लिए थे इन्होंने अब इस पर पियर कैप का, का काम किया जाएगा इनको जोड़ा जाएगा ये देख सकते हो तस्वीर है और ये पैनल लगा के दोस्तों इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है तो यहाँ से ये एलिवेटेड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों गीता कॉलोनी के सामने से गवार कंस्ट्रक्शन कंपनी जो वर्क कर रही है दोस्तों कुछ ये है और यहाँ पर यह लाइन पहली बना दी गई थी और इधर देख सकते हो ये देखो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दोस्तों जो कि बारह लाइन का होने वाला है 13000 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है दोस्तों ये देखो फ्लोरिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है इन्होंने अब गाटर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है गांधीनगर और गांधीनगर गांधी के सामने का ये नजारा है दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो देखो सारे में पीअर कैफ बन चुके जैसे जैसे पियर कैफ बनते चले जा रहे हैं वैसे वैसे ये गाटर लॉन्चिंग करते जा रहे हैं ये देख सकते यहाँ तक बस एक गाटर लॉन्चिंग पियर कैप बन चुके हैं अभी ये वारे पियर बचे हुए हैं ये पियर बन जाने के बाद में फिर ये जो गार्टर रखे हुए हैं इनको ऊपर इंस्टॉल किया जाता है दोस्तों देखो दोनों साइड में ही रखे हुए हैं ये अभी तो जो पिलर भर गए हैं मतलब कंक्रीट कर दिए हैं उन पर पियर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों और इधर देखो ये बचे हुए हैं कंक्रीट भरने के लिए इनमें भी कंक्रीट भरा जाएगा और जगह आपको पता ही है दोस्तों गांधीनगर ये गांधीनगर के सामने का ये नज़ारा है दोस्तों और जो कंपनी यहां बर्क कर रही है वो है गवार कंस्ट्रक्शन तेरह करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेस को बनाया जा रहा है दोस्तों देख लो आप लोग खुद ही अपनी आंखों से अभी ये पियर नहीं भरे गए हैं इनका फाउंडेशन तो बन गया है और फाउंडेशन बनाकर और इसका सरियाओं का जाल भी बन चुका है दोस्तों और ये गांधीनगर की रेड लाइट आ जाती है देखो दो पियर ये हैं इनका फाउंडेशन बन गया कम्प्लीट हो चुका है ये देख सकते हो अब ये इधर से घूम जाएगा इस साइड में दोस्तों यहाँ पर देखो ये पिलर बनाया जाएगा देखो फाउंडेशन अब ये करेंगे फाउंडेशन बनाएंगे पहले देखो दोस्तों अब इसमें अंदर पाइलिंग तो कर दिया है इन्होंने और पाइलिंग के देखो क्या पिलर हैं एक दो तीन चार चार पिलर हैं दोस्तों और ये चार पिलर अब इनका ये भी तोड़ दिया जा चुका अब इस फाउंडेशन का काम किया जाना है दोस्तों और ये जो जगह है ये है दोस्तों गांधीनगर वो पिलर उधर के बन चुके हैं उस साइड के अब ये इस तरीके से ऐसा घूम जाएगा तो इधर भी ये पिलर बना दिए हैं और ये रेलवे लाइन को क्रॉस करके और फिर ये शास्त्री पार्क में एंटर हो जाएगा दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग तस्वीर है और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है कंपनी भी आप लोग देख लो तो कंपनी के बोर्ड लगे हुए ये देखो गवार कंस्ट्रक्शन लग रहे हैं ना देखो इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा इस पर एक पिलर बनाने के बाद में फिर ये काम बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों ये देख सकते हो तस्वीरें यहाँ से ये क्रॉस कर देगा इस रेलवे लाइन को और पुराना ब्रिज वो वहाँ पर बना हुआ है वो भी अभी नया बनाया जा रहा है दोस्तों जिसका मैंने अपडेट दिया था आप सभी को तो अभी देखो पाइलिंग करके और इसमें कंक्रीट भरा जाएगा दोस्तों कंक्रीट भर देने के बाद में फिर इसमें पियर कैप बनाए जाएँगे दोस्तों चलते हैं आगे शास्त्री पार्क का दिखाते हैं चल के आप सभी को देखो कुछ ऐसे क्रॉस करेगा इसमें सारे में ही गाटर ही गाटर रखे हुए हैं दोस्तों अब चलते हैं आगे और पुराना ब्रिज आपको भी दिखाते हैं आगे है पुराना ब्रिज देखो यहाँ तो स्टार्ट हो जाता है पुराने ब्रिज के लिए तो आप लाल किले के लाल किले की साइड में इधर चले जाएंगे लेफ्ट में तो हमें जाना है राइट में दोस्तों यहाँ से हम हो जाएंगे राइट देखो बोरा पुराना ब्रिज लोहे का अब इसके बगल में ही नया ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों ये देख सकते हैं ये नया ब्रिज है जिसका मैंने अपडेट दिया था तो कुछ महीने पहले आप सभी को और दोबारा अपडेट आने वाला है आप सभी के बीच में तो कितना बन गया है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे चल के आगे तो चलते हैं शास्त्री पार्क के लिए देखो दोस्तों वो पाइलिंग मशीन लगी हुई है वो पाइल कर रही है और इधर से घूमेगा देखो एक ये मशीन लगी हुई है जिसे यहाँ पर पाइल कर दिया है इन्होंने देखो ये सारे में ही पायल कर चुका है और पायल कर देने के बाद में दोस्तों देखो ये पाइल मशीन लगी हुई है जो कि वर्क कर रही है अभी इस टाइम पे ये शास्त्री पार्क स्टार्ट हो चुका है दोस्तों और शास्त्री पार्क में देख सकते हो सारे पिलर बन के बन चुके है इनका पाइल भी कर दिया देखो ये पिलर है इसका पाइल किया जा रहा है दोस्तों और फिर यहाँ से ये यह। देखो फाउंडेशन बना के और ये लोहे के सरिया खड़े कर दिया लोहे का जाल बनाया जाएगा अब इसपे और दोस्तों इस पे अब क्या है? इस पर रिंग लगाए जाने हैं इन पर और रिंग लग जाने के बाद में फिर इस पे कंक्रीट से भर दिया जाएगा दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो ये है डेली देहरादून एक्सप्रेस वे के नज़ारे दोस्तों के अभी कितना टाइम लगेगा क्योंकि इसमें सन दो हज़ार में, में इसमें कंप्लीट करके देना है दोस्तों इन्हें तो दो आपको बता दो कि शास्त्री पार्क में देखो ये दो प्लर पर कंक्रीट भर दिया जा चुका है दोस्तों अब इन पर पियर कैप बनाए जाएँगे और कंस्ट्रक्शन यार्ड ये है इनका तो ये सारे फाउंडेशन बना के और आपको बता दूं कि ये सरियाओं का जाल बना के खड़ा कर दिया इन्होंने अब इसमें रिंग लगाए जाने और रिंग लग जाने के बाद में दोस्तों इसमें कंक्रीट से भर दिया जाएगा ये शास्त्री पार्क दोस्तों क्रॉस हो चुका है अब यहाँ तक ये चला जाता है कहाँ के लिए कश्मीरी गेट के लिए इधर गाजियाबाद के लिए चला जाता है मेरे राइट में यहाँ पर यह इंटरचेंज बनाया जा रहा है देखो दोनों साइड के नजारे देख सकते हो आप सभी की इधर के भी पिलर बन चुके हैं और इधर के भी देखो पियर कैप पहले ही बन गया था यहां पर ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है दोस्तों देख सकते हो ये देखो जो कि अब पिलर बनाए जा रहे हैं दोस्तों अब यहां पर देखते हैं चल के कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है जो मैन है वो यहाँ से है दोस्तों देखो सारे अभी ये। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा तो हमें सब्सक्राइब कर लो नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो तुरंत तो बेल आइकन बजा दो चैनल सब्सक्राइब होता तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाइस मिलते किसी नी वीडियो के साथ में आप सभी